जोरदार लिएस्लवान लिए अपने भजन का सुपर स्टार पहलवान ठीक है इसका भी जोश अगनने का गौरव है चलो ठीक है प्यार का लगना चलो ठीक है जोश अभी 30 35 चलो पहलवान की जोड़ 30 35 वो पहलवान चिल्काने का पहलवान है बहुत अच्छा पहलवान है चले पहलवान की जोड़ समय सभी कुछ ठेके जाना Yeah इन्नी के बड़े बड़े पहलवानों सकते हैं आज में दफा नीतीश पालन भाग मसानी तापस